जो भी आपका गोल है कि मेरे को अगले तीन साल में पाँच साल में ये करना है तो ऐसा कैसे हो कि हमारा माइंड उस गोल पे फिक्स हो जाए हमने एक काम को करना शुरू किया कुछ दिन तक किया जो सोच करके किया था कि हाँ एक महीने में ऐसा हो जाएगा उसका एक परसेंट भी रिजल्ट नहीं है। या फिर माइंड में ही कुछ और आ गया या फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो गए पता लगा जब आपने काम करना शुरू किया था उस गोल के ऊपर तब आपकी रिलेशनशिप थी किसी के साथ में पिछले कुछ सालों में वो एकदम से खत्म हो गई सब खत्म हो गए उसके बाद फिर दारू आपके रह गए <laughs> मतलब क्या हुआ हम गोल से हट गए पूरी तरह से तो क्यों हटते मैं उस पर नहीं जा रहा द तो पॉइंट इज ऐसा कैसे हो कि हम जो भी हमारा गोल है उस पर पूरी तरह से फोकस मजदार बात क्या है कि आज कुछ जब मैं बैडमिंटन खेल रहा था तो कुछ ऐसी ही एक ईसाई आई हुई मैंने क्या ऑब्जर्व किया तो जैसे मैं गेम जीत रहा था मेरा कॉन्फिडेंस भड़क रहा होता है या नहीं? जब धीरे धीरे तो गेम, गेम ही छूटने लग जाते है गेम में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है खेलने का ही मन नहीं करता तो सोल्यूशन जो है वो है कि कैसे हम अपने गोल की तरफ काम करते रहे चाहे कम करें चाहे ज्यादा करें देट इज नॉट इम्पोर्टेंट करते रहे इसको छोड़े ना मतलब कुछ भी हमको अचीव करना है तो ये क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए नेचुरली खेल रहे होते तो हम एक फ्लो में होते सब कुछ अपने आप हो रहा हो वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं होती चाहे हम वहां पर जीत रहे हैं हार रहे हैं दैट इज नॉट इंपोर्टेंट एटलीस्ट हम नेचुरली खेल ने आप एक और वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हो एफर्टलेस यहाँ पे कोई तो एफर्ट नहीं होता जब हमारी गेम नेचुरल से नीचे गिर जाते हैं तो एफर्ट होता है उसको उठाने का जो बहुत ऊपर चली जाती है तो एफर्ट होता है उसको बनाए रख देगा एफर्टलेस एफर्ट, एफर्ट, जा। एफर्ट, लेस एफर्ट लेस। कि काम सारे हो रहे हो लेकिन एफर्ट ना लग रहा यही, यही गोल नहीं होना चाहिए होना चाहिए कि बहुत एफर्ट लगा लगा करके आपको काम करना क्योंकि वो काम ज्यादा देर तक नहीं है ऐसा अगर आपने कोई गोल सेट कर लिया इसके लिए आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है प्रैक्टिकल है उसको अचीव कर जिसमें कोई एफर्ट नहीं करना उटपुट उससे आ रहा है अगर से फिटनेस तो को चाहिए ही ना, जैसे पैसा ही ऐसा काम जिसमें इंटरेस्ट नहीं है कि जिम वहां पर मैं जाऊं और अपने आप को पुष्ट करता रहू पूरी कोशिश करू उसको अचीव करने की वहां पर एफर्ट बहुत लगने वाला है लेकिन रिजल्ट आने के चांसे जो भी मेरा गोल है एक साल में जो भी फिटनेस गोल है उसको अचीव करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इंपॉसिबॉर क्योंकि उस काम में इंटरेस्ट नहीं दूसरा क्या है जो मैंने भी आपको बताया बैडमिंटन डेली एक घंटा बैडमिंटन खेल वहां पे एफर्ट क्या है रिजल्ट कितना है क्योंकि जिम में मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो जब जिम से आऊँगा तो मैं थका हूँ पूरे दिन के लिए एक थकान थकान से इंटरेस्ट सही जबरदस्ती करना पड़ रहा है फिटनेस के लिए ऐसे ही जबरदस्ती कोई काम करना पड़ रहा है पैसे के लिए क्यों क्योंकि सब वही काम कर रहे हैं ये जो फंडा हमने फिटनेस में लगाया क्या इसको पैसे में नहीं लगा पैसा कमाने का क्या एक ही तरह का जिस तरह से सब कमा रहे हैं अगर सारे जिम जा रहे हैं तो मुझे भी जिम जाना चाहिए मुझे वही करना चाहिए ना जो मेरा पैशन है जिसका मेरा इंटरेस्ट हम क्या कर रहे हैं वो सेच करने से पहले क्या करना चाहिए उसकी भी बात करना चाहिए करता हूं, तो मैं कितनी भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है बड़ा बोरिंग लगता आई एम नॉट इंटरेस्ट किसी और के लिए हो सकता है इंटरेस्ट मेरे लिए नहीं ऐसे ही ये जो पैसे से रिलेटेड आपके जो गोल्स है तो गोल सेट करने से पहले अपने आप से पूछो कि उस गोल को अचीव करने के लिए जो करना पड़ेगा क्या उसमें मेरा इंटरेस्ट है या नहीं